इस दिल में कोई महबूब नहीं आजाद भगत सिंह रहते, रहते हैं। इस दिल में कोई महबूब नहीं आजाद भगत सिंह रहते, रहते हैं तुम लब यू फबयू वाले हो हमारा कहते हमारे इस दिल में कोई महबूब नहीं आजाद भगत सिंह रहते हैं तुम लब यू फबीयू वाले हो हम हर हर महादेव कहते हैं और गरम मिजाजी देखना है तो मेरे शहर में आ जाना गरम मिजाजी देखना है तो मेरे शहर में आ जाना मध्य प्रदेश जिला विदिशा में रहते हैं है। पे लगा है जहां वीरान लगता है क्योंकि मैं महादेव को बहुत मानता हूं कि दिल कैलाश पे लगा है जहा वीरान लगता है शोर पसंद नहीं हमें अच्छा सुनसान लगता है दिल कैलाश पे लगा है जहां वीरान लगता है शोर पसंद नहीं हमें अच्छा सुनसान लगता है महादेव का नशा दिलों दिमाग पे है जानी महादेव का नशा हमें दिमागान लगता है से अच्छा हमें लगता है और एक कुछ चाल लाइन अभी नहीं लिखी आनंद भाई कि इसलिए भी हम सर उठाने से नहीं डरते इसलिए भी हम सर उठाने से नहीं डरते हम जैसे लोग सर कटाने से नहीं डरते इसलिए भी हम सर उठाने से नहीं डरते हम जैसे लोग सर कटाने से नहीं डरते हम जैसे लोगों से जमाना डरता है हम जैसे लोग जमाने से नहीं डरते आोकस तो <Tigersillas> में वो वादे सारे टूट गए हैं यार हमारे वे मतलब ही रूट गए हैं बोकस में वो वादे सारे टूट गए हैं यार हमारे बे मतलब ही रूठ गए हैं अरे तूने रब बेकार ही इतनी मिट्टी तूने रब बेकार ही कितनी मिट्टी अरे लाखों जिंदा है जिनके दिल टूट गए अरे तूने की इतनी मिट्टी लाखों जिंदा है जिनके दिल टूट गए हैं अरे हाथ पकड़ हमने जिनसे चलना सीखा हाथ पकड़ हमने जिनसे चलना सीखा उन हाथों से हाथ हमारे छूट गए हैं हम रूठे किससे रूठे कैसे रूठे हम रूठे किसे रूठे कैसे रूठे हमें मनाने वाले हमसे रूठ गए हमें मनाने वाले हमसे रूठ गए हैं मैं जैसा हूं वैसा क्यों दिखता ही नहीं तुम जैसे हो वैसे क्यों दिखते ही क्या सच्चाई के सारे सी से टूट गए हैं क्या सच्चाई के सारे शीशे टूट गए हैं बस एक आखिरी ख्याल और पढ़ूंगा और फिर सिर्फ स्वागत कितने जल्दी में किरदार बदल देता है आ, एक मेरा पसंदीदा ख्याल है कि कितने जल्दी में किरदार बदल देता देदा देदा है वो एक दो हफ्तों में प्यार बदल देता है दावा, आ, दावा, कितने जल्दी में किरदार बदल देता है वो एक दो हफ्तों में प्यार बदल देता है उम्रे गुजार देते हैं एक मोहब्बत में लोग उम्रें गुजार देते हैं एक मोहब्बत में लोग वो एक दिन में दो चार बदल देता है। है। बड़े मोहब्बत उम्रें गुजार देते हैं एक मोहब्बत में लोग वो एक दिन में दो चार बदल देता है और वो उठाता है फोन और लगाता भी है, भी है मुझे वो उठाता है फोन और लगाता भी है मुझे बस एक नंबर हर बार बदल देता है वो उठाता है फोन और लगाता भी है मुझे बस एक नंबर हर बार बदल देता है और खुद की जमी बना को दस्तखत भी करता है हाँ। खुद की जमी बना खुद दस्तखत भी, भी करता है, है। और फिर खुद ही अखदार बदल दो बहुत शुक्रिया बहुत बढ़िया एक बार अंकित के लिए